नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हम आज आपके लिए लाए हैं अगर आपका आयुष्मान भारत योजना में नाम है तो भी ठीक है अगर आप जैसे जानना चाहते हैं आपका आयुष्मान भारत में नाम है कि नहीं है तो आपके लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला लेके आया हूँ जिसके माध्यम से आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं अपने पूरे गाँव की लिस्ट को देख सकते हैं आप अपने सभी ब्लॉक अपने सभी तहसील पूरे जिले के हिसाब से जहाँ का आप चाहते हैं वहाँ की लिस्ट आप देख सकते हैं वो नाम आप सर्च कर सकते हैं तो आइए शुरू करते हैं तो हम आ जाते हैं दोस्तों क्रोम पे क्रोम पे सर्च करेंगे अपना दार अपना द्वार आयुष्मान जैसे हम इसको सर्च करके एंटर करेंगे हमारे पास यहाँ पे एक लिंक खुलेगा तो हम ये पहली वाले लिंक पे नहीं क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पर सेकेंड वाले लिंक पर क्लिक करना जैसे हम इस सेकेंड वाले लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगेगा हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं देखिए दोस्तों हमारे नंबर पे ओटीपी टी जा चुका है अब हम ओटीपी का इंतजार कर लेते हैं देखिए दोस्तों ओटीपी आ चुका है ओटीपी टी पी यहाँ पर हम डाल के यहाँ पे कैप्चा प्रेस करके यहाँ कैप्चा टाइप करके हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो दोस्त मेरा नेट थोड़ा स्लो होने के कारण थोड़ा टाइम लग रहा है देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कुछ तरह इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है डाउनलोड रिपोर्ट पे करके तो यहाँ हम आज स्टेट सेलेक्ट करेंगे हमें जिस स्टेट का निकालना है उस स्टेट को वहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे हमें उत्तर प्रदेश का निकालना है यहाँ से हम अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे जमें जो डिस्ट्रिक्ट का सर्च करना हो डिस्ट्रिक्ट हो गया हमारा यहाँ से हम ब्लॉक निकालना है या अरबन के हिसाब से निकालना हम यहाँ पर ब्लॉक के हिसाब सेलेक्ट करेंगे अब यहाँ पर हमारा जो ब्लॉक है हम इन ब्लाक को भी देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉक काफ़ी ब्लॉक दिख रहे हैं सुल्तानपुर ज़िले में हमें जिस ब्लाक का निकालना हो यहाँ से हम ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ दुबेपुर आ गया है मैं दुबेपुर का सिलेक्ट करना चाहता हूँ और यहाँ पे आप देखिए आप किस ग्राम का निकालना चाहते हैं ग्राम पंचायत यहाँ विलेज नेम लिखा हुआ है आप यहाँ जिस ग्राम का निकालना चाहते हैं जिस विलेज का निकालना चाहते हैं आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं या देख सकते हैं आप सीरियल वाइज से हमको निकालना है जैसे लोहर पश्चिम देखिए दोस्तों ए एम एल यहाँ लोहर पश्चिम दिख रहा है यहाँ लोहर दक्षिण है लोहर पश्चिम है हमें जिस भी गांव का निकालना है यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके सर्च कर देते हैं तो देखिए दोस्तों जब हम इसको सर्च करते हैं यहाँ पे मॉडल में जो नाम आता है यहाँ दुबेपुर आता है यहाँ पे विलेज वार्ड यहाँ लोहर पश्चिम दिखा रहे हैं डाउनलोड पर यहाँ पी का निशान है हमें जीप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं आपसे हम पी भी डाउनलोड कर सकते हैं देखिए दोस्तों हम यहाँ से उसको पी क्लिक किए अब देखिए मेरे पास इस तरह का कुछ इंटरफेस होता कहाँ पे रखना फाइल हम इसको डाउनलोड का डेस्कटॉप में रखना चाहते हैं तो हम डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देते हैं देखिए दोस्तों यहाँ मेरी फ़ाइल सेव हो चुकी है उसके बाद हम इस पेज को डाउन करते हुए अपने डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा डेस्क टॉप ये फाइल आ चुकी है इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा ये जो लिस्ट है हमारी इस तरह से खुल चुकी है यहाँ पर हम इसको थोड़ा प्लस करके जूम कर लेंगे तो हमें बहुत ही क्लियर दिखने लगेगा यहाँ पे आपको सीरियल नंबर मिल जाता है फैमिली आईडी जो आपको एच एच आई मिलती है फैमिली आईडी ये आपको फैमिली आईडी डी यहाँ से मिल जाती है आप इसके माध्यम से आप कार्ड बना सकते हैं आराम रमत शंकर सिंह इनके पिता का नाम है अयोध्या सिंह यहाँ पे हिंदी इंग्लिस में आपको दोनों में नाम मिल जाता है इनकी माता का भी नाम दिया हुआ है यहाँ पर देखिए कार्ड क्रिएटेड स्टेटस दिखा रहा है इनका अगर बना है तो यस है अगर नहीं बना है तो नो है यन तो इस तरह से आप यहाँ पर इन सभी का नाम देख सकते हैं और दोस्तों अगर आपको यहाँ पे किसी का नाम जैसे सर्च करना है तो आपको हर जल्दी में सर्च करना है तो आप कंट्रोल एफ़ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स आ जाएगा यहाँ से मुझे अमित सर्च करना है अगर अमित सर्च यहाँ लिख कर इंटर प्रेस करेंगे तो जितने भी अमित रहेंगे वहाँ पे हम पहुँच जाएँगे देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने अमित हैं अमित तिवारी अमित कुमार राना यहाँ पर इतना लास्ट नेम बता दिया मुझे तो इस तरह से अमित हम सर्च के लिए अनिल हमें सर्च करना है हम अनिल कभी सर्च कर लेते हैं यहाँ अनिल कुमार ये अनिल कुमार उसके पिता का नाम में दिखा रहा है हमें अनिल कुमार यादव दिखा रहा है गया प्रसाद यादव ये उनके पिता का नाम अनिल कुमार चौहान भी इसमें दिखा रहा है अनिल चौहान अनिल यादव यहाँ पर कुछ चार छः नाम दिखा रहा था इस तरह से हम सर्च करके इसमें अपना नाम सर्च कर सकते हैं और अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं जिसमें सरकार की योजना चल रही है आपको प्रति व्यक्ति पाँच लाख रुपए तक का फ्री इलाज किया जा रहा है इसमें लगभग हर ज़िले में 10 या 12 हॉस्पिटल ऐसे बनाए गए हैं जिनमें फ्री इलाज किया जा रहा है तो दोस्तों आप इस तरह से आप अपना कार्ड बनवा के फ्री में इलाज करवा सकते हैं जिसका कोई पैसा चार्ज नहीं किया था तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें धन्यवाद दोस्तों